का है ये देख सकते हैं आप और ये मेहनत प्लस और माइनस जला रखे हैं आप देख सकते हैं ये देखिए कुछ भी नहीं है मेरे पास यार भाई लोगों ये देख लो और ये आलू है ये टेस्टर है और ये किरप वायर है ये देख सकते हैं आप इतना बड़ा वायद है मेरे पास कुछ भी नहीं है ये देखो मेरे पास पूरा वायर पड़ा हुआ है नीचे कुछ भी एलिमेंट नहीं है आप देख सकते हैं पर वाकई यार ये सही है कि हम आलू और शकरकंद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं दस वाट का मेरे पास बल्ब है नौ दस दो का खरीदा हुआ बल्ब है मेरा दस वाट का आप देख सकते हैं और मैं जैसे ही इसको लगाता हूँ तो एक ग्लो करता है तो दोस्तों मैंने तो ये खोज कर ली और मेरे अभी चार जल रहे हैं और आपको भी मैं बता सकता हूं कि ये जो है ना बल्ल बिल्कुल ये देखिए आप ग्लो कर रहा है ये बल्ब बिल्कुल ये जैसे मैं इसको ग्लो करता हूं तो ग्लो फ्री एनर्जी दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यार मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे थे कि यार क्या हम जैसे आलू से लाइट जला रहे थे और प्याज से लाइट जला रहे थे तो मेरे पास में एक ये है दस वॉट का जो बल्ब है आपको दिख रहा होगा और ये मैंने 2019 में लिया था और दोस्तों मैंने टोंक से लिया था ये मेरे पास कुछ भी नहीं है सिर्फ ये एक बल्लब है और एक ये वायर है कुछ भी नहीं है सिर्फ ये वायर का ये वाला सिरा ये वाला सिरा नीचे फरस ये फर्श और कुछ भी नहीं है एक मेरे पास ये छोटा टेस्टर है और एक ये बड़ा पेचकस है मैं आपको बताऊंगा कि यार कोई दो एलिमेंट्स को अगर अपन आपस में डिवाइडेड कर देते हैं आपस में उसको जोड़ देते हैं तो क्या उससे करंट पैदा होता है कि मैंने यूट्यूब पे देख करके ये प्रैक्टिकल कर रहा हूं और आपको लाइव बता रहा हूं कि वाकई इसमें जो है करंट पैदा होता है और मेरा बल्ब जलता है या नहीं जलता है तो आज का टॉपिक है फ्री एनर्जी बाई मतलब आलू से जो फ्री एनर्जी है वो कैसे जलती है तो दोस्तों मैंने जैसे वीडियो में बताया गया था वैसे मैं कर रहा हूँ कि मैंने इस आलू में जो छोटा वाला जो हमारा जो जो टेस्टर है एल्यूमिनियम का इसका कॉपर का उसको मैं यहां रोपो देता हूं और जो बड़ा वाला जो हमारा जो पैचकश है उसको मैं रखो देता हूँ इस सकर के अंदर मैं यहाँ पर और दोस्तों मैं इस दोनों को क्या करता हूँ इस वायर से जो आप देख रहे हो मेरे पास अटैच कर देऊँगा मैं इन दोनों को पहले निकाल लेता हूँ उसको ये वायर मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया इसको ये प्लस वाला है और मैंने इस प्लस वाले को जो मैंने इस आलू के अंदर दबा दिया और ये जो माइनस वाला मेरा एक टर्मिनल है इस टर्मिनल को मैंने जो है इस बड़े पेचकश से निकाल करके सॉरी मैं इसको जो है यहाँ लगा देता हूँ इसमें जो मेरा आयरन वाला है वो वाला कॉपर का था तो कॉपर वाला मैंने कॉपर में लगा दिया और ये वाला मैंने इसमें लगा देता हूं मैं और अब देखता हूं दोस्तों कि मेरा बल्ब ग्लो करता है या नहीं करता अगर ग्लो कर जाएगा तो ठीक है वरना मैं भी खुद भी YouTube से वीडियो देख करके बना रहा हूं भाई लोगों बुरा मत मानना तो यह मैंने शकरकंद में लगा दिया उस वीडियो में उसने प्याज में लगा रखा था मैं शकरकंद में लगा रहा हूँ दूसरा टर्मिनल मेरा यह जो आलू है वो बोल रहा था भाई आलू उगा होना चाहिए ताकि उसमें करंट ज्यादा हो आवे ज़्यादा हो तो मैं इसमें ही रपो देता हूँ और जो मेरा दूसरा टर्मिनल है दोस्तों ये वाला है तो इसमें और यार इसमें करंट तो आ रहा है यार चलो मैं दोस्तों अब इसको मेरे जो इसको अर्थिंग को नहीं पकड़ रहा मैं प्लस वाले को अर्थिंग को पकड़ रहा हूँ और यार इसमें करंट आ रहा है साले को चलो ठीक है मैं इन दोनों को मैं इस मेरे जो बल्ल है इस बल्ल में लगा के दिखाता हूँ कि अगर ये ग्लो कर जाएगा तो मैं समझूंगा कि भई हमारा जो ना इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है इससे और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खोज होगी तो दोस्तों मैं इसका जो इस कोई भी टर्मिनल पर लगा रहा हूँ ग्राउंड को और इसको लगा के देखता हूँ इसके अर्थिंग पे अगर ये ग्लो हो जाएगा तो देखते जाहिर सी बात है कि ये जल जाएगा तो दोस्तों और यार वाकई जल रहा है यार दोस्तों ये जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था मेरे को थोड़ा झटका लगा लेकिन है ना लाइट जल रही है वाकई जल रही है ये प्लस माइनस का है ये देख सकते हैं आप और ये मैंने प्लस और माइनस जला रखे हैं आप देख सकते हैं ये देखिए है। कुछ भी नहीं है मेरे पास यार भाई लोगो ये देख लो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 जल रहे हैं और आपको भी मैं बता सकता हूँ कि ये जो ना बल्ल बिल्कुल ये देखिए आप गलो कर रहा है ये बल्ल बिल्कुल ये जैसे मैं इसको ग्लो करता हूँ तो ये ग्लो कर रहा है और आप मानोगे नहीं ये ना बिल्कुल ग्लो कर रहा है ये देखिए आप ये देखिए दोस्तों ये बल्ब बिल्कुल ग्लो कर रहा है और इसमें बिल्कुल कोई फेक वीडियो नहीं है ये मैं जैसे इसके लगा रहा हूँ और ये वाला टर्मिनल इस्केल लगा रहा हूँ देख लो दोस्तों ये जल रहा है बिल्कुल ये बिल्कुल ग्लो कर रहा है देख ये देख लीजिए ये देख लीजिए ये देख लीजिए दोस्तों मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ इससे आराम से दस वोट का बल्ब ग्लो कर रहा है मैंने तो पूरी घर की बिजली जला रखी है तो आपसे भी निवेदन करता हूँ कि इस तरीके से और इस आलू का मिक्सर से आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं और नीचे फर्श है भाई लोगों आपको दिख रहा होगा यार ये बहुत गड़ा फरश है कुछ भी नहीं है नीचे और आप चाहते हो तो मैं दूसरी जगह से भी कर सकता हूँ इसको और मेरे पास सिर्फ ये एक बड़ा टेस्टर है और एक कॉपर का टेस्टर है ये आलू में है और ये शकरकंद में है और इसके बाद में जो दोनों का जो मैं टर्मिनल लगा रहा हूँ और मेरा जो ये बल्ब जल रहा है बहुत अच्छा जल रहा है मैं लाइट बंद करके आप कर सकता हूँ ये देख सकते दोस्तों मैंने लाइट बंद कर दी है इसके बाद में ये कर रहा है खूब उजाला कर रहा है रहा है और दूसरी लाइट ये देख लीजिए पूरी लाइट बंद करने के बाद में ये लाइट जल रही है भाई लोगों तो ये एकदम सही है और भाई लोगों किसी को दिक्कत हो किसी का नहीं जल रहा हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं थोड़ा डिम हो जाता है देखो ये लगाते ही तो जलता फुल लेकिन थोड़ा सा बाद में क्या होता है ये डिम होने लग जाता है ये डिम इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों इसमें जो ना थोड़ा आवेश कम हो जाता है जैसे ये, ये इसको करूँगा तो ये थोड़ा हिल जाएगा और हिलने की वजह से जो है ये दोनों टर्मिनल लगने चाहिए और जब भी ये दोनों टर्मिनल लगेंगे हैं जब भी जब ये जलेगा तो दोस्तों ये थोड़ा दोस्तों ये, ये इसको हिलाने पर जो अर्थिंग नहीं बनती है इस तरीके से देखो मैं इसको हिला रहा हूँ तो अर्थिंग नहीं बनती प्रॉपर तो ये बनने के बाद में जल रहा है और आलू में अब आवेश खत्म हो गया तो दोस्तों आपको एक क्विंटल आलू के लिए मतलब रात भर बिजली चल जाएगी आपकी आप थ्री पेस मोटर भी चला सकते हो सिंगल पेस भी चला सकते हो के और सब चला सकते हो तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी दोस्तों एमआर आर टॉक को सब्सक्राइब करे और यह आपके सामने बिल्कुल यार ये कोई फेक वो नहीं है आप देख सकते हो नाइन वॉट का और ये देख पढ़ पढ़ पा रहे हो तो आप पढ़ सकते हो यार ये बल्ल मेरा जो जल रहा है आपको जूम करके दिखा दू इस कंपनी का बल्लब ये और इसमें कोई ही मेड इन इंडिया लिखा हुआ है और ऐसा कोच भी नहीं है यार दोस्तों पूरा बल्लभ ये आपके सामने है जैसे टर्मिनल हटाया बंद हो गया और टर्मिनल लगाते ही जल रहा है बिल्कुल ये देख लीजिए आप आराम से कोई दिक्कत नहीं है टर्मिनल पर लगाते ही तो ये फ्री एनर्जी है दोस्तों ये एकदम सही है आप एक आलू और लेके वीडियो अभी करें अभी प्रैक्टिकल करें उसके बाद मुझे कॉल करें कमेंट सेक्शन में कमेंट करे उसके बाद मैं आपका जो भी डाउट होगा वो मैं पूरा डाउट क्लियर करूँगा तब तक के लिए नमस्कार और प्रणाम आप सभी को